श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री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 मिला किया मैंने प्रणाम तुझे जे अक्ष कुमार का हमने कर दिया काम तमाम पहले माता सीता से मिला किया मैंने प्रणाम तुझे अक्ष कुमार तो हमने कर दिया काम तमाम का विकट गिराते आए हैं गिराते आए हैं जय जय श्री राम कनाला लगा के आए हैं चय जैसे जै राम कनारा लगा के आए हैं ब्रह्मा जी के आगे हम तो हो गए थे लाचा विचार